नमस्कार किसान भाइयों किसान साथियों नमस्कार आज हम जो गेहूं की खेती आप देख रहे हैं इस गेहूं के खेत में आए हुए हैं और ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसका एक इकसार लेकर चला चला है और इसके जो कल्ले हैं उस कल्ले में भी काफ़ी अच्छी तरीके से वृद्धि हुई है आप देख रहे हैं ये एक मेडा है और कल्ले जो हैं काफ़ी चोटे हुए हैं तो इसमें हमने क्या यूज़ कराया इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माँ गंगा ट्रेडिंग कंपनी को सब्सक्राइब कर लें और वेलाइकन को प्रेस कर दें तो किसान भाइयों आप जो इसका दाना देख रहे हैं कि दाना भी मोटर होकर चल रहा है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है जो हमने इसमें यूज कराया है वो एक फ़ास्टर आता है कोशिक फर्टिलाइजर की कोशिक फर्टिलाइजर का फास्टर आता है उसको हमने इसमें यूज़ कराया कि फ़ास्टर ने इसने इसमें क्या काम कराया है इसकी ग्रोथ बढ़ाई है और जो इसके दानों का आकार है वो भी काफ़ी चोड़ा करा है और जो ये पूरे खेत को एकसार लेकर चला है पूरा खेत आप देख रहे हैं कि पूरा खेत इकसार है आप पीछे तक इधर भी देख रहे हैं कि ये पूरा खेत एक इक इकसार लेकर चला है क्योंकि जो इसमें पाया जाती है वो नाइट्रोबेंजिन 35 परसेंट में पाई जाती है जिससे कि इसकी ग्रोथ होती है और कलर बनता है आप इसका जो कलर देख रहे हैं कलर बिल्कुल काला कलर हुआ है आप देख रहे हैं इसकी ट्रल्निंग भी काफ़ी अच्छी हुई है और जो इसका दाना इसमें दाना पड़ चुका है और काफ़ी मोटा दाना हो रहा है तो इसकी जो पैदावार में है उसकी पैदावार में अधिक वृद्धि है तो किसान भाइयों को फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट फ़ास्टर का आप यूज़ कर सकते हैं फास्टर काफ़ी अच्छा रहता है और जो स्क्रीन पर स्क्रीन पर आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं फास्टर है ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है और इसकी जो पैदावार होती है काफ़ी अच्छी होती है तो किसान भाइयों इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं ये कोशिक फर्टिलाइजर का आता है तो किसान भाइयों वीडियो यहीं समाप्त कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ ट्रेडिंग कंपनी को सब्सक्राइब कर लें और वेलाइकन को प्रेस कर दें और जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर करें जय हिंद किसान भाइयों नमस्कार